Hi guys, good evening, to my और आप, आप लोग को देख के पता ही चल रहा है मैं कहाँ पे हूँ मैं आ गई किचन में ऑफिस से आने के बाद थोड़ा फ्रेश अप होके फिर डायरेक्ट किचन में आ गई इधर आप लोग देख रहे हो राइस कुकर दिख रहा है इसमें सो so, ऑलरेडी जो है राइस हो गया है और अभी ले लिया मैंने ब्रिंजल ले लिया ब्रिंजल की कड़ी बनाऊंगी एक्चुअली आज बहुत लेट हो गया अभी पता है अभी कितना टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10 बज गए एक्चुअली so, हम लोग आज आने की ऑफिस से आने की टाइम में थोड़ा मार्केट में गए थे को हमारे ऑफिस के उधर ही एक वेजिटेबल्स मार्केट बैठते सो so, उधर ही जाके थोड़ा दो तीन नॉट दो तीन नहीं थोड़ा जो जो चाहिए वो ले जल्दी आ गई so, इसीलिए हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया है की बाद अभी मैं जल्दी खाना बना ली थी जो भी तो तो बनाऊंगी आप लोगों को दिखाऊंगी क्या बना रही हूँ देखो गैस मैं क्या क्या ले लिया इधर ब्रिंजल मैंने इतना सा छोटा करके कट करके ले लिया इधर दो बड़ा से इसका ब्रिंजल ले लिया मैंने इधर है ऑनियन टोमेटो इधर है ग्रीन चिल्ली इधर है गर्लिक के थोड़ा आ, मैंने सेवन टू एट पीसेस को थोड़ा सा ऐसा चॉप कर लिया मैंने और इधर है धनिया पत्ता और जो भी आई मीन जो भी चाहिए मसाला वो मैं दिखा दूंगी और इधर एक चीज़ आप लोगों को पता होगा कि नहीं मुझे पता नहीं लेकिन हम लोग तो खाते जो है ड्राई फिश सो मैं थोड़ा क्वांटिटी से लिए हैं सो अभी चलिए फ़िलहाल मैंने स्टार्ट कर देती हूँ कुकिंग दोनों तो इधर मैंने पहले से ऑयल ऑयल दे दिया थोड़ा सा हीट होने तक मैं वेट करूंगी ऑलमोस्ट आप लोग देख सकते हो इधर हीट हो गया है तो इसमें मैं फ जो ऑनियन में कट करके रखी थी वो मैं डाल रही हूँ इसमें मैं इधर देखिए मेरा ये मसाला का आई मीन थोड़ा बहुत जो भी चाहिए और जो नमक हल्दी जो भी चाहिए वो मैंने रेडी रखती हूँ ऐसा कुकिंग के टाइम ताकि मुझे ढूंढना नहीं पड़े कि किधर कौन सा है ऑनियन थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैं उसमें जो टमेटो एंड गार्लिक वो डाल दूँगी ऑनियन थोड़ा सा फ्राई होने होना है ठीक है मैं हाथ दे रहा देखा दस देखो इधर मेरा ऑनियन जो है थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन ऐसा कलर हो गया तो so, इसमें मैं अभी डाल दूँगी गार्लिक जो छोटा छोटा करके मैं चॉप करके रखी थी और इधर टमाटो एंड हरा मिर्च ग्रीन चिल्ली जो है मैं तो पूरा इसमें डाल दूँगी और टमाटो डालने के बाद मैं टमाटो के ऊपर से थोड़ा सा नमक दूंगी, बिकॉज सॉल्स देने से क्या होता है ना टमा तो जल्दी पक जाता है तो मैं आगे पूरा एक साथ में मिक्स कर लूँगी दो मिनट तक मैं उसको ढक के उसके बाद वो थोड़ा सा बॉयल होने के बाद मैं ब्रिंजल उसमें डाल दूंगी अभी मैं इसमें ये थोड़ा सा देखिए पक गई थोड़ा सा पक गया और उसमें मैं अभी ब्रिंजल ऐड कर दूंगी क्योंकि ज्यादा लेट से मैं करूंगी तो तब के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा और मैं थोड़ा सा खतना हो पाए मैं मिक्स कर दूंगी रख के 10 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूंगी उसको बॉईल होने दीजिए तब तक मैं दूसरा काम कर लेती हूँ अभी मैं ये छीलने के लिए आ गई हूँ क्योंकि बाद में कुकिंग के लिए इजी होगा तो मैं अभी ये छील लूँगी और साथ में मैं, मैं इधर हॉट वाटर भी ले लिया वो पीने का टाइम नहीं मिला एक्चुअली तो अभी वो करते करते मैं ये पी लूँगी तो अभी हो गया दस मिनट उसके बाद मैं इसको मिक्स सा मूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी ड्राई की थोड़ा सा धनिया पाउडर फिर लाल मिर्ची जीरा पाउडर थोड़ा जी mm जी -hmm. फाइव मिनट्स उसको पकने के लिए दूंगी। उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और थोड़ा और सा सूखना पड़ेगा सूखा के फिर मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट में <coughs> है ना इसमें अभी धनिया पत्ता ऐड कर देंगे मैंने तो थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी से ऐड करेंगे साथ मिला अच्छे, से। अच्छे से मिला लूँगी इसके साथ ऑलमोस्ट हो गया और दो मिनट थोड़ा मिक्स होने के बाद मैं सर्व कर लूंगी देखो ये हो गया अगर कोई भी आप, लो, आप लोग आप लोगों में कोई भी अगर ड्राई फिश पसंद करते तो जरूर ट्राई करिए एक बार बहुत टेस्टी होता है तो आज मेरा ये ब्लॉग अभी फिनिश करती हूँ अगला ब्लॉग ब्लॉग फिर से आएगा मेरे गुड नाइट गुड बाय